मैं मैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था <laughs> देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई आप मुझको कुछ कुछ और और और समझते रहे और मैं आपको कुछ और... मैं आपको चीफ समझता रहा चीफ समझता रहा <laughs> और आप तो इतने बड़े आदमी निकले <laughs> <laughs> देखिए इस गलतफहमी में मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा मुझे सब पता चल चुका है <laughs> अच्छा वो अच्छा हुआ गुड गुड आपको सब पता चल गया आ, मैंने अपने कुछ साथी और वो एक बच्चे यहाँ पर भेजी थी वो नजर नहीं आ रहे उनकी चिंता मत करो नहीं नहीं वो सही सलामत है थैंक गॉड और अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहे ची. तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कहिए ना कल होटल हॉलीडे में चीफ मिनिस्टर मिसिस गायत्री बच्चन एक फंक्शन का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उनके चारों तरफ सीबीआई और सिक्योरिटी वाले रहेंगे वो तो होंगे ना सर कोई आम आदमी उन तक नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारी मैं मैं क्यों? क्योंकि सीबीआई वाले तुम्हें अपना आदमी समझते हैं आ... इसलिए तुम ही मेरा वो काम कर सकते हो आ... कौ कौन सा काम गायत्री बच्चन का खून गायत्री देवी का खून हाँ नहीं थाबर साहब मैं तो ऐसे ही छोटा सा प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ कोई खून नहीं और नहीं नहीं, मैं किसी का खून नहीं कर सकता तुम्हें ये खून करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे साथी और बच्ची अगर उन लोगों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मेरे दोस्तों को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं तो ये गायत्री बच्चन का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खन्ना है ये साय की तरह तुम्हारे साथ रहेगा कोई गलत कदम उठाया तो इसके एक इशारे पर तुम्हारे साथी और बच्ची खत्म कर दिए जाएंगे